दोस्तों आज के जमाने में आपने हमारे इंडियन कल्चर के अंदर ज्यादातर ये चीज देखी होगी कि जैसे ही किसी व्यक्ति की डेथ होती है इटमींस जैसे ही वो मरता है उसको जैसे तैसे किसी भी तरह से जला वला करके या फिर किसी भी तरह से उसको दफना कर उसका बाजार खत्म कर दिया जाता है दोस्तों हमारे इसी रहस्य की दुनिया के अंदर एक ऐसा भी जगह है जहाँ पर तीन, -तीन साल पहले की मुर्दू इटमींस डेड बॉडी को आज भी बचा करके रखा गया है और उस डेड बॉडी के साथ लोग बातें भी करते हैं well guys, this culture have got in Indonesia, और दोस्तों ये इंडोनेशिया कल्चर का फर्स्ट एपिसोड है इसके और भी एपिसोड आने वाले हैं। तो यदि आप उनको भी देखना चाहते हैं, तो मेट्योर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और यदि आप इस वीडियो को अपलोड होने के बहुत दिन बाद देख रहे हैं तो फिर इस वीडियो के आई बटन या फिर एंड स्क्रीन में आपको और भी एपिसोड देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों दरअसल ये कल्चर इंडोनेशिया के चौराजा नामक पर पड़ता है जो कि इंडोनेशिया के वेस्टर्न में पाया जाता है जी हाँ दोस्तों दरअसल इस कल्चर को डेट ट्राइब के नाम से जाना जाता है इट मीन मुर्दों की जनजाति अब दोस्तों ऐसे में हमारे नॉर्मल इंडियन सिविलाइजेशन के अंदर ऐसा आपको देखने को मिलता होगा की जैसे ही किसी का डेट करता है फिर उसको किसी भी तरह से उसी वक्त उसका खात्मा कर दिया जाता है इस कल्चर के के अंदर जब भी किसी किसी भी किसी किसी फैमिली मेंबर की डेथ होती है तो फिर उसकी डेड बॉडी को बिल्कुल व्यवस्थित करके रखा जाता है और उसे 200 से 300 सालों तक बहुत ही व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है और तो और उसकी जिंदा में इट मीन उसको जीवित रहते जितनी प्रक्रियाएं होती है एक मानव के साथ उस सारी प्रक्रियाएं लगभग उसके साथ भी किया जाता है दोस्तों और तो और उन मम्मी के साथ इटमीन डेड बॉडी के साथ लोग वीडियोस कॉल के थ्रू बातें भी करते हैं यहाँ दोस्तों ऐसा हो सकता है कि कोई भी फैमिली का कोई मेंबर्स उस अवसर उस पर वहाँ पर अवेलेबल न हो तो फिर उसे वीडियो कॉल के थ्रू उससे बातें करवाई जाती है दोस्तों आपको बता दें की दरअसल इंडोनेशिया के इस कल्चर में हर 300 साल पर ये सेरोमनी सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों ऐसे में यदि हमारे इंडियन किसी नॉर्मल पर्सन के साथ ये घटनाए शेयर की जाए तो फिर उसको बिल्कुल मजाक लगेगा हमारे इस मिस्टीरियस वर्ल्ड के अंदर दुनिया की कई सारी ऐसी अलग अलग अनोखी अनोखी और अजूबे अजूबे कल्चर सिविलाइजेशन एंड अजीबों गरीबों रहस्य भरे पड़े हैं तो यदि आप ऐसे ही डे टू डे इन फ्यूचर उन सारे रहस्यों से अवगत होते रहना चाहते हैं तो नेक्स्ट इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना